हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिटी सागर ब्लॉगर में तो जैसे कि आप सभी ने मुझे ढेर सारे प्यार और ढेर सारे सपोर्ट दिए हैं तो इस बार भी इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि ढेर सारे प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जितनी हो सके आप सभी से उम्मीद मैं रखता हूं तो आप लोग प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करें तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने पहली वीडियो मैंने डाल रखी थी अपनी चैनल पे जिसका नाम माय सेकंड ब्लॉग तो उस ब्लॉग में मैं पूरी वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं आ, उस समय का सिचुएशन थोड़ा अलग था तो मैं पूरी वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाया तो फिर से मैं वही लोकेशन पे आया हूं और पीछे सरीपा का पेड़ है जैसे कि उस दिन भी उसी सरीपा का पेड़ पीछे भी था तो आज भी उधर पीछे की ओर है और मैं खड़ा हूँ पत्थर के पास यानी कि पत्थर के ऊपर चढ़ के चढ़ा हुआ हूँ तो और मैं उसी लोकेशन पर खड़ा हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है देखिए पीछे भी पहाड़ है और इस साइड भी आप लोग भी देख सकते हैं पीछे की ओर में पहाड़ है तो उस उस समय का सिचुएशन थोड़ा अलग था तो उस समय हम लोग को जल्दी जाना पड़ा तो मैं पूरी वीडियो आप लोग को नहीं दे पाया तो इस बार आप लोग को पूरी वीडियो में अगर आप हमारे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सिटी सागर ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चे, इस चैनल में जो भी वीडियोज़ अपलोड होगी सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी ऐसे चिप जी हम नम छुपाए हम नए हम नी सीजी मैसे पूछताए मैं से पूछताए